Hey नमस्कार आप लोगों का टाप्टन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा दस की गणित की प्रश्नावली छह दशमलव पांच का पहले बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली छह दशमलव पांच का एक से लेके आठ प्रश्न तक अध्ययन कर लिया यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके आप तुरंत देखिएगा पहले बच्चों फिर आज की वीडियो में जितनी बची हुई सवालें आज सारी सवाल इसी वीडियो में यानी इसी लेक्चर में समाप्त हो जाने वाली है प्यारे बच्चों तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पस... वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यार बच्चों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं तो आज का जो आपका प्रश्न क्रमांक है प्रश्न क्रमांक रहने वाला नौवां नंबर आपका प्रश्न है सबसे पहले हम नौवें नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे क्योंकि आठ नंबर तक जो सवाल थे वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हल कर लिए हैं पेज पे नौ नंबर प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा आप उस प्रश्न को वहां से देख लीजिए या तो आप बुक लिए होंगे वहां से पढ़िएगा हम लोग नौ नंबर प्रश्न थोड़ी सी देख लेते हैं कि वहां क्या कह है नौ नंबर कह रहा दस मीटर लंबी एक सीढ़ी दस मीटर लंबी एक सीढ़ी मतलब सीढ़ी की लंबाई आपको दी गई है प्यारे बच्चों ऐसे एग्जाम में लिखना भी रहता है सीढ़ी की लंबाई कितनी है दस मीटर कितना दिया है सीढ़ी की जो लंबाई है वो दस मीटर दिया गया है आगे कह रहा है दीवार पर सीढ़ी दस मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से आठ मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है मतलब खिड़की की ऊंचाई भूमि से खिड़की की ऊंचाई कितनी है आठ मीटर खिड़की की ऊंचाई खिड़की की ऊंचाई आठ मीटर है दीवार से आधार दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निचले सिरे की दूरी यानी हम कह सकते हैं क्या दीवार के दीवार से या क्या कर रहा हा दीवार के आधार से दीवार के आधार से आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना ये आपको दिया है ठीक यही ज्ञात करना है तो आइये सबसे पहले सवाल को समझते हैं क्या करा कि कोई सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लंबी है और कोई एक भू खिड़की है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर एक खिड़की रही होगी किसी दीवार पे बनी यहां पर एक खिड़की रही होगी और उस खिड़की की भूमि से ऊंचाई कितनी है आठ मीटर है यानी वो भूमि से जो है खिड़की ऊंचाई कितनी है प्यार बच्चों आठ मीटर है ठीक इतनी बातें समझ में आ रही अब आगे क्या करा कि कोई एक सीढ़ी है कोई एक सीढ़ी है जो कि कितनी मीटर लंबी है दस मीटर लंबी है तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और जो कि क्या ऐसे भूमि के सहारे खिड़की पे टिकाई गई है तो खिड़की पे टिकाई गई प्यार बच्चों तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मान सकते हैं कि यह कोई सीढ़ी हो गई जो कि क्या हो गई खिड़की पे टिकाई गई है चलिए ये कोई ठीक ये कोई सीढ़ी हो गई जो कि दीवार पे इस समय टिकाई गई है चलिए सीढ़ी को समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे खाड़े बना दिए जिससे पता चलता रहे ये सीढ़ी है ठीक अब आपसे कह रहा है कि ये दस मीटर है समझिए जरा सा। दस मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार से जो कि भूमि भूमि पर सॉरी, जो कि दीवार के सहारे टिकाई गई है ऐसे ऐसे दीवार के सहारे टिकाई गई है और जो कि खिड़की तक पहुंच दी खिड़की ऊंचाई आठ मीटर है और सीढ़ी की लंबाई दस आपसे ये पूछ रहा ये दूरी भूमि से सीढ़ी के निचले सिरे की या दीवार के आधार से दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी अगर हम मान लें और इसे बढ़िया दे दे तो आप निकाल सकते हैं तो तो नब्बे अंश का एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर पाथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते तो क्या लगाएंगे समकोर त्रिभुज ए बी सी में चलिए आराम से आसानी तरीके से आप निकाल लोगे प्यारे बच्चे से तो समकोर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमे से पायथागोरस प्रमे क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लंब कौन है यहां बी सी और आधार कौन है ए बी ए बी का वर्ग चलिए वैल्यू रखते हैं सबकी ए सी की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू 8 है और प्लस ए बी की वैल्यू आपकी x है चलिए ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा ये 8 का वर्ग करेंगे 64। ये प्लस एक्स उसके ये प्लस चौसठ इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस चौसठ बराबर एक्स स्क्वायर सौ में से चौसठ घटा दीजिएगा आप लोग तो लगभग कितने आएंगे 100 में से चौसठ आप घटा दीजिए तो 10 में से चार घटाएंगे छह और यार 9 नौ में से छह घटा देंगे तीन तो 36 आ जाएंगे कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों 36 बराबर इधर से स्क्वायर घटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है छत्तीस बराबर और ये बाहर आएगा तो छा जाएगा फिलहाल प्लस माइनस आता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आएगा परंतु दूरी है तो दूरी कभी नहीं होगी अर्थात हम लिख सकते हैं कि भूमि से या दीवार के आधार से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की निचले सिरे की दूरी चले सिरे की दूरी नीचले सिरे की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों छह मीटर है कितना है छह मीटर है। इस प्रकार आपका नौवा नंबर जो है कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिएगा फिर हम आगे की प्रश्न को कंटिन्यू करते प्रश्न नंबर दस की सवाल आपसे कर रहा है अट्ठारह मीटर ऊंचा एक उध्वाधर खंभा मतलब प्यारे बच्चों हम मारे कि ये अठारह मीटर जो है उर्धर कोई खंभा जो विद्युत वाले खंबे होते हैं वो ये अठारह मीटर है ठीक आगे क्या के ऊपरी सिरे पर एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूटे से जुड़ा है एक मान लेते हैं जो खूटा होगा यहां जमीन पर होगा और एक तार का सिरा यहां जुड़ा है अब ये दोनों तार के सिरे एक दूसरे से कनेक्ट बात समझिएगा जरा आगे करा। और जिसकी तार की जो लंबाई है वो कितनी है 24 मीटर तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर एक बार फिर समझिएगा ये 24 मीटर तार है भैया एक खंभा है जो कि 18 मीटर ऊंचा है आगे कर रहा तार खंबे के ऊपरी सिरे पर एक तार जुड़ा हुआ है और तथा एक खूटे से जुड़ा हुआ है और तार की टोटल लंबाई चौबीस दिया अगर हम इनको मैच करा देते हैं भाई है। है। है दे है दे है। फिर से वही फंडा लगाएंगे पुराने वाले सवाल के जैसा तो फिर बच्ची क्या लगा देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में ठीक पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है एसी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग लंब है ए बी और आधार कौन है आपका आधार सॉरी लंब बीसी है क्या है लंब यहा बीसी है तो BC का वर्ग और आधार कौन है एबी का वर्ग सबकी वैल्यू रखते हैं तो बीसी की वैल्यू है, है? कोई दिक्कत नहीं परंतु पता है प्यार बच्चों तो पांच सौ छिहत्तर आएगा कितना आएगा पांच सौ छिहत्तर और अठारह का वर्ग करेंगे तो अठारह का वर्ग करेंगे तो शायद तीन सौ चौबीस आते हैं क्या कंप्लीटली आप एक बार वर्क करके देख ही लीजिएगा कि 18 का वर्ग क्या आता है कि 324 आते हैं। बिल्कुल 324 आते हैं। तो, तो, तो माइनस हो जाएगा तो पांच सौ छिहत्तर भैया जब ये बराबर किधर आएंगे तो इधर हो जाएंगे माइनस तीन सौ चौबीस बराबर एक्स स्क् घटा देते हैं तो छह में से चार माइनस करेंगे दो सात में से दो घटाएंगे पांच ठीक फिर पांच में से दो घटा पांच में से तीन घटाएंगे दो ठीक ये आपके आ गए लगभग दो सौ बावन कितने आ गए प्यारे बच्चों दो सौ बावन कितने आ गए दो सौ बावन एक्स स्क्वायर अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है क्या लग जाता है अंडर रूट तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर करड़ी में दो अब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने के बाद जब इसे आप हल करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 अंडर उत कितना आएगा 6 अंडर उत अब रही बात कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर जी ये तो लिख देते हैं डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल पाते या समस्याएं आती है ताइए हम उनको बता देते हैं कि छह अंडर उठ सात कैसे आता है यहाँ पर ये दो हो गए आप इनको दो निकाला गया है दो से कैंसिल कीजिएगा तो दो एक के दो दो दूनी चार दो छंगे बारह फिर दो छंगे बारह दो, दो, दो गए अब क्या होता है अब यहाँ दो से कटेगा नहीं ये कटेगा सात बाद तीन त्रिक अब थोड़ा सा ये तीन से कटाइए तीन दूनी छ तीन एक के तीन फिर तीन सत उसके बाद कितना आ जाएगा सात एक के साथ तो जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको बाहर कर लेते हैं तो दो त्याई छ और ये इसका इस कि तो खूटा गड़ा है तो भैया खंबे के आधार से खूटा जो है खंबे के आधार से खूटा छह अंडर रूट सात मीटर दूरी पर गड़ा है ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम के आंसर लिखने के प्रश्न हल करने के बाद आप ये जरूर लिखिएगा पैर बच्चों कि जो जो पूछ रहा आपसे क्या पूछा था खूटा खम्बे खंबे से कितनी दूरी पकड़ा है तो भैया बता दीजिएगा खूटा खंबे से छह सात मीटर की दूरी पकड़ा है चलिए अब हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह की इस समय प्रश्न नंबर ग्यारह भी आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या करा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर एक हजार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है मतलब मान लेते हैं ये एक हवाई अड्डा हो गया और यहां से एक जहाज मानते हैं ये उत्तर दिशा था और उत्तर दिशा की तरफ वो एक हजार किलोमीटर प्रति हावर से वो जो जहाज था वो उड़ रहा था ये जो जहाज है मान लीजिए ये आपका जहाज था ठीक ये जहाज इधर की तरफ जा रहा था फिर उसके बाद क्या कर रहा है तथा इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मान लेते हैं पश्चिम की दिशा इधर होगी प्यारे बच्चों तो पश्चिम की दिशा जब इधर होगी तो वो बारह सौ किलोमीटर प्रतिहावर की चाल से ये कोई एक दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ता है आगे कर रहा है करा आगे एक सही एक बटे दो एक सही एक बटे दो दो एक के दो दो एक तीन तीन बटे दो बराबर तीन बटे दो घंटे में तीन बटे दो घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरियां बतानी है मतलब इतने समय में दोनों हवाई जहाज कहां पर होंगे वहां से और दोनों के बीच की दूरी बतानी है प्यारे बच्चों तो आराम से आप निकाल सकते हैं तीन बटे दो घंटे में हवाई दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बताना है तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि भैया ये चाल दिया गया है कोई हवाई जहाज एक हवाई अड्डे ए से बी की ओर गया और बी से कोई हवाई जहाज सी की ओर गया है इन दोनों हवाई जहाजों की ये चाले दी गई हैं आपको न की दूरी दी गई है तो सबसे पहले हम निकालेंगे उत्तर की दिशा में जाने वाले उत्तर की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी सबसे पहले तो लिखेंगे उत्तर की दिशा में उत्तर की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा चाल गुड़े समय भैया उत्तर दिशा में जो जा रहा है उसका चाल एक हजार है और समय कितना है तीन बटे दो तो इनसे कैंसिल करेंगे तो पांच सौ पांच सौ तियया पंद्रह सौ मतलब उत्तर दिशा में जाने वाला जो हवाई जहाज है वो पंद्रह सौ किलोमीटर दूरी तय किया है पंद्रह सौ किलोमीटर दूरी क्या किया है प्यारे बच्चों तय किया है हम रेड मार्कर से आपको ये दूरी दिखा दे रहे हैं कि भैया है ये 1500 सौ किलोमीटर जो है ये इसकी दूरी है चलिए यहां से लेके यहाँ तक क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की दिक्कत अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिम की तरफ उड़े हैं उनसे दूरी निकाल लेते हैं तो लिखेंगे क्या लिखेंगे पश्चिम की दिशा में पश्चिम की दिशा में उड़ने वाले क्या भैया पश्चिम की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी तो दूरी बराबर वही प्यारे बच्चों चाल गुड़े समय चाल इस बार जो उत्तर पश्चिम की दिशा में जा रहा है उसका चाल 1200 है और समय कितना है वही तीन बटे दो घंटे तो दो चंगे 12 हो जाएगा तो ये 600 सौ कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर यानी ये जो यहां से पश्चिम की तरफ गया है उसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों 1800 किलोमीटर है कितना है 1800 किलोमीटर अब कह रहा है कि आप दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी निकालिए तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की जो दूरी है उसे हम आसानी से निकाल लेंगे मान लेते हैं दूरी क्या है x है तो चलिए अब हम इधर की सवाल को मूव करते हैं इन सवालों को आप इनका एक स्क्रीन लीजिएगा तब हम इनको मूव करने वाले हैं चलिए तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी एक्स है माना माना दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी हवाई जहाजों के बीच की दूरी x कितना है x तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो ये कर्ण है प्यारे बच्चों तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पायथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है भैया ए सी है का वर्ग बराबर लंब लंब कौन है बी सी है आधार कौन है ए बी है इनका वर्ग का योग चले वैलू रखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग तो चलिए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने लगा लिया केवल वैल्यू रखना है AC की वैल्यू निकालना है और AB की वैल्यू मुझे ये नहीं है AB की वैल्यू यह है 1500 किलोमीटर तो ए बी की वैल्यू 1500 का वर्क कर देंगे प्यारे बच्चों और जो वो बी सी है ना वो बीसी अठारह सौ है देख लीजिएगा वो रेड वाले मार्कर से लिखा गया है अब 1800 का वर्क कीजिएगा प्यारे बच्चों 1800 का वर्क करेंगे तो तीन और चार ठो जीरो आ जाएंगे और पंद्रह सौ का वर्क करेंगे तो दो सौ पच्चीस और चार जीरो आ जाएंगे प्यारे बच्चों अब आप इनको जोड़ दीजिए तो चार पांच नौ और दो, दो चार और तीन दो पांच तो पांच सौ उनचास कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों पांच सौ उनचास और चार ठो जीरो ठीक, अब आप ये आ गए ए का स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करड़ी लग जाएगा पांच चार नौ ये ये अब इसकी वैल्यू निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ तीन सौ इकसठ लगभग करके आएगा हाँ सर तीन सौ अंडर रूट में इकसठ आ जाएगा प्यारे बच्चों तीन सौ अंडर रूट में इकसठ अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम सर जी इनको निकालेंगे कैसे इनको हम निकालेंगे कैसे तो प्यारे बच्चों आपको इनका वर्गमूल निकालना है बस अर्थात दोनों हवाई जहाजों की जो बीच की दूरी है वो 300 सौ अंडरुट इकसठ किलोमीटर है ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11 पूर्ण रूप से कंप्लीट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 12 का तो भाई आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा जो कि प्रश्न नंबर 12 है अब प्रश्न नंबर 12 कर रहा है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है भैया समझ लीजिए कि ये एक खंभा है जो कि 6 मीटर है और ये कोई खंभा है जो कि 11 मीटर है बात समझिएगा ऐसा मतलब दोनों खंबे की ऊंचाई सेम नहीं है ये 11 मीटर है और ये आपके 6 मीटर है चलिए बात यहां से आगे बढ़ाते हैं और ये समतल भूमि पर खड़े हैं, चलिए खड़े हैं नाम दे देते हैं A, B, C और D। आगे क्या करा? यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो मतलब इनके जो ये निचले सिरे हैं इनके बीच की दूरी भैया 12 मीटर है चलिए मान लेते हैं कि 12 मीटर होगा भाई एक बात मैं आपको बता दू जब निचले सिरे की दूरी बारह मीटर है तो भाई ऊपर सिरे का भी जो दूरी होने वाली है ये भी दूरी सेम टू सेम डिटो वाला होगा 12 मीटर और यहां इनाम दे चलिए तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी मतलब यहां से लेके यहां तक वाली दूरी आपको बतानी है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी एक्स मान लीजिएगा और आगे अब हम लोग हली कर लेंगे तो प्यारे बच्चों आपका जो सवाल है ना वो कह रहा है कि कोई hmm! दो खंबे हैं एक छोटा सा खंबा छह मीटर एक बड़ा सा खंबा ग्यारह मीटर है दोने, दोनों के के जो निचले निचले सिरों बीच की, की दूरी बारह मीटर है अब ये बारह है तो ये भी बारह होगा परंतु यहां करा ऊपरी सिरों के बीच की दूरी तो मान लेते हैं यक्ष है ऊपरी सिरों के बीच सिरो की दूरी क्या मान लेते हैं ये एक्स है चले अब निकाले आइए हम लोग आसानी से निकालेंगे अब यक्ष ज्ञात करने के लिए मुझे ये वाली दूरी पता होना चाहिए तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं इधर की दूरी छह है पूरी ग्यारह है इतना तो छह हो जाएगा ना क्योंकि छोटा वाला खम्बा इतना है तो ये छह तो ग्यारह में से छह माइनस कर दे तो बची हुई दूरी ये हो जाएगी छह और पांच छह और पांच के रूप में मिल जाएगा प्यारे बच्चे एक बार फिर से टोटल दूरी 11 मीटर है 11 में से 6 माइनस कर दिए पांच मतलब ये इतनी दूरी पांच मीटर की है तो DE की वैल्यू पांच आ जाएगी अर्थात हम लिख सकते हैं यानी यहां लिख दे कि DE बराबर होगा DE बराबर होगा DC सी माइनस ई अब DC की वैल्यू 11 है और EC की वैल्यू कितनी है छह अच्छा बराबर पांच मीटर तो डीई की वैल्यू प्यारे बच्चों पांच मीटर प्राप्त कर लिया अब आपको ज्ञात क्या करना खंभे की दूरी तो ऊपरी सिरों की बीच की दूरी दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी तो दूरी क्या होगा x है तो प्रमेय से x का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग लंब कौन है भैया DE का वर्ग और प्लस आधार आधार कौन है यहां BE का वर्ग चलिए वैल्यू रखते सोचिए अब भैया DE की वैल्यू 5 है और BE की वैल्यू कितनी है 12 है इनका वर करेंगे 25 इनका वर करेंगे तो 144 सौ चौवालीस जोड़ दिए एक सौ उनहत्तर एक सौ उनहत्तर ये हटाते हैं तो इधर करणी लगा देते हैं एक और ये और करणी से बाहर आएगा तो 13 अर्थात उसका वर्ग मूल तेरह आता है प्यार तो जो आपका आंसर मिला वो 13 यानी ऊपरी खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है तेरह मीटर है तो चाहो तो आप यहां लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा आंसर क्या पूछा था कि खंभों के ना तो खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है भैया तेरह मीटर दूरी कितनी है तेरह मीटर है ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12 जो कि कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं तो भाई प्रश्न नंबर तेरह क्या कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, तो आप देख सकते हैं वो त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी और सी बी और ए पर स्थित बिंदु क्रमशः डी और ई है सिद्ध कीजिए कि ए e का वर्ग ए e का वर्ग प्लस बी डी प्लस बी का वर्ग बराबर ए यानी बड़ी वाली भुजा और फिर डी ई यानी डीई ये वाली भुजा ये आप ऐसा समझिए कि दोनों जो डॉट डॉट वाली लाइनें हैं इन दोनों के वर्गों का योग और जो बिंदाट वाली है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर आपको प्रूफ करना पैल बच्चों और मानिए एकदम मक्खन वाला सवाल है एकदम कहीं नहीं जाना ना समझ में आए तो बताइएगा सबसे पहले हम आपको एक जुआर बता देते हैं भैया आप ऐसा कीजिएगा ना कि सबसे पहले जो लगातार लाइने खींची गई है हम उनको हल करेंगे त्रिपुज A C B लेंगे त्रिभुज A C B में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज A C B में अब पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही होंगे बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है A B का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार तो लंब कौन है भैया ए सी है, A, C है। और आधार कौन है भैया बी सी का वर्ग समीकरण नंबर एक इतनी बात सुन जाए अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे दूसरा त्रिभुज है डी ई सी क्या दिखाई पड़ रहा है डी ई सी तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ई सी में अब डी ई सी में डीई सी में कर्ण कौन है प्यारे बच्चों कर्ण आपका डीई है कर्ण आपका क्या है डीई तो कर्ण हो जाएगा डीई का वर्ग बराबर लंब कौन है डीसी है डीसी का वर्ग और आधार कौन है ईसी का वर्ग तो ये आ गए समीकरण नंबर दो अब समीकरण एक और दो को जोड़ देते हैं तो समीकरण एक प्लस दो से समीकरण एक प्लस दो से तो ये वाला पक्ष इधर जुडेगा तो ए का, ए का वर्ग प्लस डीई का वर्ग बराबर इधर जोड़ दीजिए तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस डी का वर्ग प्लस ई का वर्ग समीकरण नंबर तीन क्या यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना तो जो प्रोसेस आप इसके लिए गए वो सेम टू सेम डिटो वाला प्रोसेस अब इन त्रिभुजों के लिए करेंगे बस आइए अब देखिए क्या करते हैं अब हम इस बार त्रिभुज लेंगे डीबीसी त्रिभुज डीबीसी में समकोण त्रिभुज में।, में अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज डीबीसी में तो कर्ण कौन है डीबी है तो कर्ण है डीबी तो डीबी का वर्ग कर दीजिए या बी डी भी, भी लिख सकते हैं आप से आप क्या लिख सकते हैं बी का वर्ग बराबर लंब कौन है भैया डीसी और आधार कौन है बीसी तो डीसी का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा बीसी का वर्ग समीकरण नंबर चार अब हम क्या करते हैं अगला त्रिभुज लेंगे ए सी -E समकोण त्रिभुज ए ए सी e, में कर्ण कौन है ए e है तो कर्ण ए e का वर्ग बराबर लंब का वर्ग लंब कौन है ए सी और आधार कौन है ईसी e, तो ए सी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा ई e, सी का वर्ग समीकरण नंबर कौन सा हो गया पांच अब समीकरण चार और पांच को जोड़ देते आप लोग पूछते होंगे सर आप क्यों जोड़ देते हैं या आप कैसे जान जा रहे हैं कि इनको जोड़ना है तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देखिए ना ए -E का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग तो ए डी -E प्लस कब आएंगे जब जोड़ेंगे तब आई ना इसीलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो समीकरण चार और प्लस पांच थे समीकरण चार प्लस पांच को जोड़ देंगे भैया तो क्या आ जाएगा बी डी का वर्ग आएगा प्लस क्या आ जाएगा ए -E का वर्ग बराबर ये सब लिख लेंगे तो ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग समीकरण नंबर छ अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो समीकरण छ और तीन समीकरण छ और तीन सेम टू सेम ये वाला पक्ष इस पक्ष के मिल रहा होगा मिला लीजिएगा आप लोग बेफिक्र मिलाइए तो लिखेंगे जब ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे और यही आपको प्रूफ भी करना है तो समीकरण तीन व छ से ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे AB का वर्ग प्लस डीई e का वर्ग बराबर बी का वर्ग प्लस ए e का वर्ग तो ये सिद्धम हो गए आपके लीजिए कितना मक्खन वाला सवाल हुआ देख लीजिए कहीं हार्ड है कहीं भी कोई दिक्कत है अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों और नहीं तो अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किए होगे शेयर नहीं किए होगे तो दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिए जबरदस्त इस सेशन को शेयर कीजिए तो गैज बात करते हैं किसी त्रिभुज के ए से भुजा पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है अर्थात ये ए लंब है और बीसी पर डाला गया है और ये इस प्रकार प्रतिचेदित करता है कि DB जो है वो सीडी सी के तीन गुना है DB यानी ये वाला पक्ष इस पक्ष के तीन गुना है तो सिद्ध कीजिए टू ए बी स्क्तर टू ए सी स्कूल प्लस बीसी स्क् तो प्यारे बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि ये सवाल एकदम हलवा एकदम मक्खन है एकदम मक्खन केवल थोड़ी सी समय दीजिए अभी देखिए कैसे आपने सवाल खोल करते हैं सबसे पहला काम है हम देख पा रहे होंगे कि मुझे पहले एबी का वर्ग चाहिए और ए बी यहां पर पड़ा है तो ए डी बी शुरुआत यहीं से करेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखिए ए बी का वर्ग क्योंकि ए बी कड़ है एबी का वर्ग मिल जा रहा तो ए बी का वर्ग बराबर लंब लंब कौन है प्यारे बच्चों लंब आपका ए डी है लंब कौन है आपका ए डी का वर्ग और आधार कौन है बी डी का वर्ग किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए अब आप थोड़ा सा देखिए अगर हम आपसे बात करें कि मुझे इस एडी की वैल्यू चाहिए एडी की वैल्यू हम इस वाले पक्ष में से निकाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज एडीसी को हल करें तो यहां पर हल कर दे रहे हैं हम यहां पर थोड़ा सा समकोण त्रिभुज एडीसी में लंब का वर्ग यानी यार लगा पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो ए सी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग अगर मुझे AD चाहिए इनको इधर कर देंगे तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों तो ये AC का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग बराबर ए का वर्ग मतलब जहां AD आएगा जहां एडी आएगी वहां हम ये वैल्यू रख सकते हैं तो ये आप समीकरण एक बनाना चाहे तो बना दीजिएगा तो हम क्या समीकरण एक से इस AD के स्थान पर यह वैल्यू रख सकते बिल्कुल रखा जा सकता है तो रखेंगे AB का वर्ग बराबर AD के स्थान पे रखेंगे एक मिनट पहले बच्चों अभी थोड़ी देर और सब्र कर लो अभी नहीं रखने की पारी है देखिए आपको टू चाहिए क्या चाहिए टू तो दो का गुणा करेंगे ना यहां पर तो यहां दोनों पक्षों में दो से गुणा कर देते दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर अब जब दो से क्या कर देंगे अब गुना करेंगे तो ये टू ab बी का वर्ग बराबर टू एडी का वर्ग है ठीक ध्यान से समझिए प्लस टू बी डी का वर्ग चलिए बात करते हैं टू बी डी का वर्ग हो गया कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए अब हम करते क्या है यहां से कुछ नहीं करना इस वाले पक्ष को कुछ नहीं करना क्यों क्योंकि ये वाला पक्ष सेम टू सेम आपका वही है अब इसी में कुछ करना अब एडी के स्थान पर हम रख सकते तो 2 यहां रखेंगे AC का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग ए सी माइनस किसका डीसी तो देखिए वर्ग किसका वर्ग DC का वर्ग और ये बंद कर दीजिए ठीक प्लस प्लस क्या हो जाएगा BD BD के स्थान पे 3CD रख सकते हैं तो 2 यहां 3CD का वर्ग क्या इतनी दिक्कत है किसी को कहीं भी कोई समस्या भैया बी के स्थान पे थ्री सी दिया है अब आइए हल करते हैं अगर हम दो का गुणा करें इसमें तो दो ए का वर्ग होगा माइनस टू डी का वर्ग होगा प्लस तीन त्रिका नौ नौ दुनिया अठारह अट्ठारह डी सी का वर्ग अबा देखिए हल करते हैं ये टू ए का वर्ग आ गया देखिए ये मिल रहा है टू का वर्ग अब अठारह में से दो घटा दीजिए 18 में से दो घटा देंगे तो प्लस सोलह का वर्ग क्या अभी, अब देखिए, इक्वल टू आ गया 2AB का वर्ग, केवल आपका एक चीज नहीं बच्चों, एक पक्ष क्या 16 को हम ये लिख सकते हैं देखिए टू ए का वर्ग तो है इसे हम चार डीसी का होल इसके लिख सकते बिल्कुल चार चौके सोलह चलिए अभी तक तो नहीं होनी चाहिए दिक्कतें अब चार डीसी को क्या हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या हम इसे ये लिख सकते हैं ये देखिए प्यारे बच्चों डीसी डीसी प्लस तीन डी डीसी. डीसी प्लस तीन डीसी का होल इसका तुत। ये समझिए डी सी प्लस तीन डी डीसी. डीसी और तीन एक चार तीन एक चार चार डीसी तीन एक चार डी ठीक अब आप देखिए यहाँ जहां तीन डीसी है वहां तीन डीसी के स्थान पर हम DB रख सकते हैं तो रखेंगे चूंकि यहाँ लगा देंगे कि चूंकि तीन डी बराबर आपका क्या है BD, क्या है BD या DB, जो भी है एक ही हुआ तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं तो बताइए क्या यहां हम क्या रख सकते हैं DB रख, रख सकते हैं यहाँ हम क्या रख सकते हैं डीबी तो लिखेंगे बराबर टू का वर्ग इतने के स्थान पर क्या रख देंगे इतने के स्थान पे इतने के यहां डीसी आ गया और यहां क्या रख देंगे डी क्या अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना अब थोड़ा सा बचा आ जाइए इधर की तरफ 2AB का वर्ग बराबर क्या बचा है 2AC का वर्ग प्लस DC प्लस DB DC प्लस DB जो है CB के बराबर होगा देखिए DC प्लस डीबी बी के बराबर या CB के बराबर तो क्या हम इतने टोटल के स्थान पे BC रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं तो भाई BC का स्क्वायर और शायद अगर हम मिला रहे होंगे तो यही तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ डेट ठीक ये सवाल प्रश्न नंबर चौदह भी आपका कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू कर हैं इस बात करते हैं प्रश्न नंबर पंद्रह का क्या कर रहा है एबीसी की भुजा पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है है है कि जो है, जो वो का एक बटे तीन गुना है मतलब ये इसका ती, इसके तीन भाग का एक हिस्सा है तो सिद्ध कीजिए कि नौ एडी स्क्त एक् तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को देखकर जरा सा भी नहीं डरना है क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर चुके हो टॉप टेन क्लासेस तो भाई किस बात की डर है आराम से रिलैक्स होकर भी देखिए आप इस सवाल तो भैया मैंने रचना किया कि एक लंब खींचा है जो कि बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है और वो जो हमने लंब खींचा उसका नाम ए है और इस प्रकार खींचे हैं कि इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर है बीई बराबर और ये बी जो है बीसी का क्या है आधा है इतनी दूरी बीसी का क्या है आधा तो उसी को आधा बीसी लिख दिए अब भैया ये त्रिभुज है तो बीसी ए -बी के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं बीई हाफ ए -बी के भी बराबर हो जाएगा ये समीकरण नंबर एक दे देते हैं अब कहानी की शुरुआत करते हैं भैया कौन से त्रिभुज से समकोण त्रिभुज ए, -ए में समकोण त्रिभुज ए, ए बी में चलिए कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है ए बी तो कर्ण ए बी का वर्ग बराबर लंब है ए, ए। और आधार कौन है बीई का वर्ग क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यार बच्चों बिल्कुल अगर हम बीई e के स्थान पर एक बटे दो ए बी रख दे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए ए बी का वर्ग बराबर इधर आ जाएगा ए e का वर्ग चलिए, e के बीतान पर एक बटे दो रख देते हैं। आ जाइए, इधर आ जाएगा एबी का वर्ग बराबर ये आ जाएगा ए e का वर्ग प्लस एक बटे दो का वर्ग करेंगे तो एक बटे चार का इसका ये पक्ष और ये पक्ष मिल रहा है तो प्लस वाले को इधर कर दीजिए प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो चलिए आइए हम हल करते हैं इनको अब तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा तो ये ए बी का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा एक बटे चार एक बटे चार ए बी का वर्ग बराबर इधर क्या बचा है ए e का वर्ग अब देखिए चार एक के चार चार में से एक घटा देंगे तीन मतलब तीन बटे चार ए बी स्क्र आएगा बराबर ए e, स्क्वायर मतलब समीकरण नंबर दो ए स्क्वायर e की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू तीन बटी चार एवी स्क्वायर आ गया है क्या यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ए डी e में समकोण त्रिभुज एडी e में अब यहां पर लंब कौन है ए ई e है कौन है लंब कौन है A e. तो ए e का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है एडी है एडी का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा लंब है हाँ, कर्ण का वर्ग आधार कौन है डीई तो एडी माइनस डी का वर्ग ये आ गए क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों ए का वर्ग बराबर ए का वर्ग बराबर एडी का वर्ग माइनस डीई का वर्ग है. तो प्यारे बच्चों इसको आप मान लेते हैं सभी करती. ठीक अब हमको कुछ चीजें दी गई है BD डी इक्वल टू हाफ एक बटे तीन बी दिया चूंकि BD इक्वल टू एक बटे तीन बी अब भैया BC तो AB के भी बराबर है समबाहु त्रिभुज है तो हम BC को AB के बराबर कर देंगे चूंकि लिखेंगे BC बराबर ए तो यहां पर मिल जाएगा BD डी इक्वल टू एक बटे तीन ए समीकरण नंबर चार अब समीकरण एक और चार को घटा देते हैं समीकरण एक और चार को क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो चलिए घटाएं। तो समीकरण एक माइनस समीकरण चार से तो समीकरण एक क्या है बी ई, ठीक तो बी ई माइनस समीकरण चार क्या है बी बराबर समीकरण एक की वैल्यू इधर है एक बटे दो यहां एक बटे दो ए देख रहे हैं एक बटे दो ए और माइनस इसकी वैल्यू है एक बटे तीन ए तो आप इनको हल करेंगे तो तीन दो का ला लेंगे छा आ जाएगा दो तेईस छा यानी तीन ए बी माइनस तीन दूनी इच्छा तो दो आ जाएगा तो तीन में से दो घटा देंगे तो एक आ जाएगा मतलब कहने का मतलब है एक आएगा इसको हल करने पर एक अब में में -E में से B B -E में से -E में से घटा घटा देंगे देंगे तो -E बचेगा तो भैया ये आ जाएगा -E के बराबर तो समीकरण नंबर पांच डीई -E बराबर एक बटे छ के बराबर होगा तो अब हम मदद लेंगे किसकी अब हम मदद लेंगे समीकरण तीन और समीकरण तीन की और समीकरण दो की देख पा रहे हैं आप लोग समीकरण तीन और दो का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा तो समीकरण दो और तीन से समीकरण दो और तीन से इधर देखिए ये फर्स्ट भाग वो सेकंड भाग ये थर्ड भाग अब इधर हम पोर्सन हल कर रहे हैं तो भैया समीकरण दो और तीन का एक पक्ष बराबर है दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा तो समीकरण व दोन से क्या हो जाएगा जरा से देखिए ये वाले पक्ष और ये वाले पक्ष बराबर होंगे तो रख रहे हैं क्या रखेंगे आ, एडी एडी का क्या है समीकरण तीन देख रहे हैं ना एडी का वर्ग माइनस डीई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा तीन बटी चार AB का वर्ग चलिए अब आप देखिए DE की वैल्यू आपने रखा यहां पर एक बटे AB, आ जाएगा AD का वर्ग यहां आ जाएगा माइनस DE के स्थान पे एक बटे AB का वर्ग हो जाएगा तो यहां एक बटे छीन बटे चार ए बी है ठीक क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी अब हम एक बटे छ का वर्ग करेंगे एक तो एक बटे छत्तीस आ जाएगा तो एडी का वर्ग माइनस एक बटे छत्तीस ए का वर्ग बराबर तीन बटे चार ए का वर्ग ये माइनस वाला अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों तो ये माइनस वाला पक्ष उधर जाएगा तो प्लस होगा तो तीन बटे चार ए बीस का अब छत्तीस और चार का लसापा लेंगे तो छत्तीस ही आएगा चार नवाई छत्तीस तो नौ तिर सत्ताइस सत्ताईस एबी का वर्ग आएगा प्लस छत्तीस एक एक छत्तीस तो यह आ जाएगा एक यहां एबी का वर्ग आ जाएगा सत्ताईस एक अट्ठाइस हो जाएगा प्यारे बच्चों तो वहां आ जाएगा देखिए सत्ताईस एक अट्ठाईस यहां डी था ना यहां यहां देखिए ऊपर डी था अब सत्ताईस एक अट्ठाइस ए का वर्ग बराबर आ जाएगा छत्तीस ठीक अब इधर आ गया ए का वर्ग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेचारों बच्चों तो छत्तीस एडी का वर्ग बराबर अट्ठाइस ए का वर्ग क्या हम इनको भाग दे सकते हैं इनको कैंसिल कर सकते हैं तो देखिए क्या हम कटा सकते हैं इनको प्यारे बच्चों तो देखिए चार सते अट्ठाईस चार नवाई छत्तीस तो नौ एडी का वर्ग नौ एडी का वर्ग बराबर सात ए का वर्ग तो ये प्यारे बच्चों आपका थर्ड पोर्सन में ये सिद्ध करके आ गया तो देखिए इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर पंद्रह जो है कंप्लीट होता है आप इसका एक स्क्रीन लीजिएगा फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते तो बात करते हैं सोलह प्रश्न का किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग उसकी एक भुजा का वर्ग कोई भी एक भुजा लेंगे तो दोनों तीनों भूजा आपस में बराबर होंगे तो उसकी एक भुजा का वर्ग का तीन गुना वर्ग का तीन गुना उसके एक शीर्षलंब के उसके एक शीर्षलंब मतलब ये उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है यानी आप सबसे पहले रचना लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे कि एडी एक हमने लंब खींचा है रचना में एक चीज हम लोग लिख लेंगे कि एडी एक लंब खींचा एडी एक क्या खींचा लंब खींचा या एडी एक एक शीर्षलंब खींचा एडी एक शीर्ष लंब खींचा इतनी बातें आपको समझवाई AD एक शीर्षलंब खींचा माना माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 2a ए है माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं 2a ए जब ये 2 2a है तो ये लंब खींचा तो आधे आधे का बढ़ गया ये a हो गया ये a हो गया तो आपको जो सिद्ध करना वो चीजें क्या है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग मतलब एबी का वर्ग एबी का वर्ग का तीन गुना यानी तीन गुना बराबर उसके एक शीर्षलंब यानी एडी का वर्ग एडी का वर्ग के चार गुना यही आपको सिद्ध करना तो बिल्कुल आसान तरीके से आएगा सबसे पहले आप एडीबी समकोण त्रिभुज एडीबी में समकोण त्रिभुज ए में कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग लंब कौन है एडी का वर्ग प्लस आधार कौन है आपका बी आधार कौन है बी डी का वर्ग। चलिए तो प्यारे बच्चों करते क्या है एडी को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते रहने दीजिए रह नहीं को। परंतु बीडी को हम लिख सकते हैं ए बीडी को लिख सकते हैं ए क्या लिखा जा सकता है बीडी को A? बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों ए या हम कह दें या हम यहां क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों तो बी को हम क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों ए रख सकते हैं और ए को रख सकते हैं टू ए तो वर्ग करते टू ए का वर्ग करेंगे तो फोर वर्ग आ जाएगा यहां आ जाएगा एडी का वर्ग प्लस ए का वर्ग ये प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए का वर्ग होगा बराबर इधर एडी का वर्ग चार में से ए घटा देंगे तो तीन बराबर आ जाएगा एडी क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए अब जो ये ए है वो ए का आधा है या बीसी का आधा है ए बी का आधा है हाँ लिखेंगे देखिए लिखें। क्योंकि दो बीसी है देखिए बी का आधा बीसी का आधा ए है और ये भी जानते हैं क्योंकि बीसी जो है वो ए के बराबर है तो हम यहां ए रख सकते हैं अर्थात ए बराबर एक बटे दो ए रखा जा सकता क्या यहां तक बात हम एक बटे दो ए बी रख सकते हैं तो तीन गुड़े यहां एक बटे दो एटे दो एग कर देंगे कीजिए बराबर ये आ गया एडी का वर्ग तो यहां पर करेंगे तो ए, तीन एक का वर्ग एक ही आएगा ए का वर्ग ए वर्ग होगा दो का वर्ग करेंगे चार बराबर का वर्ग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो तीन ए का वर्ग बराबर आ जाएगा चार ए का वर्ग इस प्रकार आपका ये जो सोलहवा प्रश्न था जो आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा था वो चीजें आपने प्राप्त कर लिया आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे चर्चा करेंगे इस अध्याय की इस प्रश्नौली की लास्ट क्वेश्चन की जो कि ऑप्शनल है और वो जो सवाल है प्यारे बच्चों आपने जैसे पहला सवाल लगाया है उसी के जैसा है ठीक तो प्यारे बच्चों सत्रहवें प्रश्न में क्या कर रहा है कि ये ए बी सी कोई एक त्रिभुज है और जिसमें ए बी इक्वल टू छूट तीन है और ए सी इक्वल टू बारह सेंटीमीटर है और बीसी इक्वल टू छ सेंटीमीटर है कोण बी यहां कोण बी बताना है कि क्या है प्यारे बच्चों तो आइए हम पायथा प्रमेय प्रेम लगाएंगे यदि ये पायथा गुणस के नियम का पालन करती है हम कह सकते हैं कि कोड भी यहां पर समकोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग तो ये ए बी हो जाएगा और यह बीसी हो जाएगा तो एसी का वर्ग है बारह और ए बी है छह कणी में तीन और बीसी है छह तो छवर करेंगे छत्तीस और अंडरवुड तीन का अवर करेंगे तीन आ जाएगा और वहां छ का छत्तीस तो ये जोड़ेंगे तो तीन छके अठारह तीन त्रिका नौ एक दस ये छत्तीस तो जोड़ेंगे तो प्यार बच्चों आ जाएगा एक सौ चौवालीस और ये बारह का अवर करेंगे एक सौ चौवालीस तो दोनों पक्ष बराबर है अतः लिख देंगे कोण बी समकोल है कौण बी क्या है समकोल है अर्थात कोण बी बराबर नब्बे तो जो भी ऑप्शन मिल रहा हो आप उसको वहां पर लगा लीजिएगा तो प्यारे बच्चों इन्हीं इसी सवाल के साथ पूरी प्रश्नौली अध्याच पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है भी, भी, भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो की मुलाकात आपको कुछ चैप्टर के बाद होने वाली प्यारे बच्चों क्योंकि जो सातवा अध्याय है वो हमारे इस चैनल के सीओ यानी सौरभ पाल जो कि सातवां अध्याय पढ़ाएंगे उनकी स... एक फेवरेट चैप्टर है तो आप लोग जो है जितना प्यार जितना सपोर्ट दिखाते थे इससे पहले आप उस वीडियो पर भी दिखाइएगा आई होप कि आपको उनका जो लेक्चर है हमसे ज्यादा और हमसे अच्छा भी समझ में आएगा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू आर डी स्टूडेंट जय हिंद जय भारत